चुनावी साल के इस दौर में घोषणाओं की बारिश हो रही है अब एक और घोषणा सरकार की ओर से की गई जिसमें वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अब वन विकास निगम के अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि होगी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं और अब इन महीनों में सत्ता हो या विपक्ष सभी अपने वादों से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अब शिवराज सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने वन विकास निगम के अस्थायी कर्मचारियों को सौगात देते हुए कहा कि जितने भी वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं